तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं भाई का फ़ोन लेने के लिए अभी शॉप पे आ गए और शॉप के अंदर चलते हैं और अभी कुछ आइडिया नहीं डिसाइड नहीं किए कि कौन सा फ़ोन ले रहे हैं कौन सा नहीं लेना है तो चलते हैं अभी अंदर और अंदर कौन सा पसंद आएगा वो ले लेंगे और और ये जो शॉप है ये भाई के दोस्त की है तो यहाँ पर इसलिए आ गए सुबह आया था यहाँ पर चेक करके गया तो चलते अभी पपा अभी आए तो पपा को बैठने को पहले देते जगह पपा बैठे फिर उसके बाद बात होगी

तो फाइनली हमने यहाँ से मैं यहाँ से ऐसे चुपचाप से वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं कि शॉप के अंदर वीडियो बनाते तो ऐसा मैं फ़ोन खींचे करके वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो वॉइस ओवर है इतनी थोड़ी बहुत क्लिक मैंने वॉइस ओवर करनी है मेरे को मैं कर रहा हूँ ये वाली क्लिप वॉइस ओवर है। तो

लोन पे अगर देखो का है है तो दी, दी आपको तो टोटल आपको और तक रुपए ऊपर जाता अभी ऑनलाइन में कुछ हम उनके फोन का कुछ अभी आता ही और दूसरे का फोन का से पूरा पता कर रहे बरबर ऐसी तो भी चलता

चलेगा और मैं, मैं मैं ब्लैक वगैरह कॉमन हो गया मार ऐसा रहेगा चोरी का मतलब लेके दिखा देते थे लोग अपने पास ही रख के चोरी कम्प्लेन डाल देते क्लेम करते थे कंपनी को मालूम पड़ गया तो कंपनी छे पाँच सौ छह पाँच सौ डी पी दो समझाओ

रेजिनेड रेड बाय 2 महीने ट्राई करो

तो मालूम पड़ेगा ना मेरा अभी तक चला रहा था तब नहीं अभी ये इसका हो गया बहुत बढ़िया है <laughs> उम्मीद ब्लॉग पसंद आया पसंद आया तो लाइक कमेंट कॉमेसिय चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो अपना एम टेन के सब्सक्राइबर है वो टेन के सब्सक्राइबर एक बार कंप्लीट हो गया तो उसके बाद अपनी गाड़ी भी आ जाएगी क्योंकि वहाँ से मतलब टेन सब्सक्राइबर से अपना अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा तो फिर गाड़ी का एम भरने को कोई टेंसन नहीं रहेगा तो एम कम्प्लीट करते फटाफट से तो चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो बस